मैं घर पे पिछले दो दिन से अकेला हूँ शिल्पी गई हुई है डेली अपने ऑफिस के काम से और आज दो दिन के बाद वो वापस आ रही है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बचा है कि वो वापस आ रही है और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है अभी कि जिस तरीके से वो घर छोड़ के गई थी उसी तरीके से मुझे घर को वापस से सेट करना है इन दो दिन में मैंने थोड़ी बहुत गंद तो मचाई है यार ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत गंद तो मचता ही है किचन की हालत आप लोग देख लो बर्तन अभी गंदे कुछ पड़े हुए हैं इन्हें सेटल करना है और इधर उधर ये सब जो पड़े हुए हैं उनको भी सेटल करना है ये थोड़ा सा क्लीन करना है इसी तरह करते करते पूरे घर में कुछ न कुछ इधर उधर फैला हुआ है सामान थोड़ा सा अनस्टेबल है मेरे पास 45 मिनट हैं एक डेढ़ मिनट जिसमें से भी खर्च हो गए होंगे आपसे बात करते करते तो मैं जल्दी से काम पे लगता हूँ और उसके आने से पहले घर को सेटल करता हूँ मेरे को उसको पिक करने भी जाना होगा बस स्टैंड पे इससे पहले की वो यहाँ पहले पहुंच जाए मैं जल्दी से ये ख़त्म करके बस स्टैंड जाता हूँ ये रूम फैला नहीं है बेड भी पूरा अरेंज कर गया था, ही। मुझे पता था कि शायद से थोड़ा लेट हो सकता है आज तो मैं सुबह ही ज्यादातर काम करके गया था अब क्या बचा है जो भी चीज छोटी मोटी दिख रही है जो इधर उधर है बस उसको मैं वापिस से सेट कर रहा हूँ एक्चुअली बात ये नहीं है की मैं सामान फैला के रखता हूँ बात यह है की Uh, मेरे को मेरे मेरे सामान नजरों के सामने रहे दिखते रहे अच्छा ये है वो जो तो डेली यूसेज में चीज़ें आ रही हैं उनके लिए बार बार एलमिरा खोलना मेरे को पसंद नहीं है तो या इसलिए मैं ज़्यादातर सामान अपना बाहर ही रखता हूँ इसको आप लोग कह सकते हो कि फैला के रखने वाली चीज़ें या जो भी है तो आई डोंट है मुझे लाइव लोकेशन भेज दी है वो लगभग दस किलोमीटर के रेडियस में अपने एक लास्ट चीज़ जो रह गई है वो कर देता हूँ उसके बाद सब कुछ डन तो पूरे घर में रूम फ्रेशनर भी छिड़क दिया है एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डन मैं बस चेंज करता हूं और जाता हूं उसे पिकअप करने को आज मैं करूंगा पैशन की सवारी दो तीन दिन हो गया ये बाइक निकली नहीं है तो लेट्स सी कि इसका क्या सीन है ये स्टार्ट भी होती है कि नहीं तो मैडम हाउ आर यू गुड दो दिन कैसा रहा मेरे बिना बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे ऐसा नहीं हो सकता मेरे बिना अच्छे नहीं हो सकते मतलब ठीक है हमने में सिर्फ तुम ही हो इसमें तुमने भी भरी कि हम आते हैं उस क्लासिक इन दिस इज़ द प्लेस जहाँ से हमारी शादी भी हुई थी इनके बैंकुट हॉल से तो यस आज हमने डिसाइड किया कि यहीं पे आते हैं क्या खाओगी तुमको आज देख के बड़ी खुशी हो रही है इतने दिनों बाद शिल्पी बाद तीन दिन तीन दिन बहुत होते हैं तीन दिन डिड यू मिस मी थोड़ा आई मिज डॉट तो क्यूँकी काम खुद करने पड़े सारे ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें क्या लगता है मैं काम के लिए तुमको याद अरे है अरे बाबा मजाक खाना आ रहा है नहीं नहीं, नहीं। तो मुझे मिरर में दिख रहा है कि कुछ आ रहा है अब नहीं आ रहा। या ये कंफ्यूजन हो जाती है कोई बेटर अपनी तरफ आता हुआ दिखता है तो लगता है की वो हमारा ही खाना ला रहा है अभी ये मत डाल प्लीज खाना बहुत ज़्यादा स्वाद था यहाँ का हर बार की तरह इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं क्लासे इन में बगल में तो रेस्टोरेंट्स और हैं जो कि इससे एम्बियंस वाइज थोड़े बेटर हो सकते हैं लेकिन अगर आप खाने का जो स्वाद है उसके बेस पे देखोगे तो क्लासी इन ऑलवेज बेटर देन रेस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट खाना पीना हो गया डिनर हो गया घर चल रहे हैं मैडम बहुत थकी हुई हैं बस से ट्रैवल करके आई हैं इनको ज़्यादा सता आते नहीं है है। गर्मी गर्मी में बहुत ज़्यादा चलो फिर से से निकलते हैं जिल्ली जिल्ली हैं। जल्दी-जल्दी और घर जाते आओ शाम को अगर आपको कोल्ड कॉफी बनी हुई मिले आपकी बीवी के हाथ की तो क्या बात है जीने का मजा ही कुछ और है इसमें Cheers इतनी सारी बर्फ तो करता हूँ कुछ भी ऐसा ठंडा ड्रिंक वगैरह कुछ लेना होता है ना तो थोड़ी नहीं। देर पहले नहीं, बिल्कुल गिलास गर्म में रखा हुआ है ड्रिंक आप ठंडी बना के उसमें डाल रहे हो तो ड्रिंक ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ना वो होता है बाबा दिस इज फिजिक्स ये इस इसको क्या कहते हैं थर्मल एनर्जी क्या कहते हैं कुछ लेट एंड हीट ऑफ एनर्जी ऐसा कुछ करके कॉन्सेप्ट है नहीं इस नहीं चीज़ का तो वैसे नो no डाउट बहुत तगड़ी गोल्ड कॉफी मजा आ गया आपके घर Cheers again। अब बताओ आगे का क्या प्लान है कल का अपना क्या प्लान है कुछ कुछ सामान लाना है मार्केट जाना है रक्षाबंधन का सामान शॉपिंग वगैरह तो यहाँ हो रही है चम्मच की डिमांड कॉफ़ी के नीचे जो जम जाता है वो चम्मच से ही आता है राइट right? झाग होता है वो राइट right? ड्राई फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स कोल्ड कॉफी में कौन ड्राई फ्रूट डालता है बाबा शिल्पी डालती है कोल्ड कॉफी में ड्राई फ्रूटी चम्मच बहुत गर्मी ऑफिस में इतनी गर्मी रहती है ना आधी जान मेरी निकल जाती है नहीं आधी जान घर आके नहीं निकलती पूरी जान वापस आ जाती है घर आके अपनी जान को देख के अमेजोन से कुछ पार्सल आया है चलो उसको खोल के देखते हैं कि उसमें क्या है अभी बहुत जल्दी हो रही है उसे खोलने की तो प्लीज तुम ही खोल डालो यार इसको प्लीज डू दी ऑनर तुम अपने तुम अपने हाथ में लगा लोगी आ ओ, ये ये वाला भी है इसमें बेड को गंदा नहीं करते सब करते सब कूड़ा इधर ही ओह ओह ग्रिलर वाला ग्रिल भी गो है। है। ये ग्रिल्ड सैंडविच वगैरह बनाने के लिए है। प्लेट ये वैसी वाली पता नहीं कौन सी कंपनी का है इट लुक्स फैंसी और इसके अटैचमेंट भी बहुत कूल cool है, so है ना और तीसरा वाला कौन सा है अपना नॉर्मल्स नॉर्मल सैंडविच के लिए ये थर्ड तो भैया आप इसको पैक कर दो देख लिया इसका बहुत प्यारा मुखड़ा है इसका प्यारा लग रहा है क्यूट लग रहा है पैक कर दो भर दो डब्बे में तुमसे ज़्यादा क्यूट है अरे अरे ये तो आपका बड़प्पन है मैंने बासठ पे की है दिल पे मत लेना कि तुम क्यों करती है मेरा मेरे वीडियो में मेरा ही पोपट करती है इसके अटैचमेंट्स कैसे पैक करेंगे इसमें क्या करना है पैक करके रखना है क्या करके रखना है पैक करके रखना तो इस डब्बे को तो तुमने धराशाही कर दिया इसमें तो पैक हो नहीं सकता मैं कर रही क्या हो गया तबियत खराब लग रही है तुम्हारे लिए गर्म पानी भी हो रहा है तुम गर्म पानी पी लो और थोड़ा आराम करो इधर उधर मत रहो गर्मी बहुत हो रही है किचन में मत रहो तुम जाओ आज छुट्टी है ना कोई सच जल्दबाजी नहीं है इज़ नॉट फीलिंग वेल कुछ घरेलू उपचार चल रहा है उसके लिए डॉक्टर डॉक्टर ऑफ़ हर हर ओन तो बन के अपना इलाज स्वयं कर रही है। इसी तरह देश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर जाना चाहिए जैसा कि मोदी जी एक्सपेक्ट करते हैं से। जब से सुबह से उठी है बच्ची तब से बिचारी परेशान है नाश्ता का करे गोला बता तो दे थोड़ा मैं बनाता रहूंगा चल थोड़ी देर बाद पूछूँ ये हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो इसी तरह हेलो फ्रेंड्स खा लो तबीयत ठीक लग रही है अब मैं बेटर है तुम्हें ना बस गर्मी के कारण हो गया था और कुछ भी नहीं था मेरी बात मान लो आजकल ना खजूर खाने में बड़ा मजा आता है अब ये बताओ कि आज क्या क्या सामान लेने जाना है आज अपने पास सीरियसली बहुत ज्यादा काम है वर्कलोड आज बहुत ज्यादा है सामान क्या डि तो तो है, है, तो है, है, है, है थैंक यू वेरी मच जैसे होगा कुछ वीडियो डलेंगी फिर शेयर करेंगे लोगो में भी राइट क्योंकि मैंने भी इससे कई दिनों से बोल रहा था की भाई तू इतना खाना बनाती हो आई डोट यूज शेयर इट विद पीपल लोगों को दिखाओ बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे हाँ एग्जैक्टली exactly, पाव भाजी की रेसिपी तो कई लोगों ने फोन करके पूछी तो इसीलिए जब बहुत लोगों ने पाव भाजी की रेसिपी पूछी तो अपने को भी मोटिवेशन मिला यार कि हाँ, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है इस काम को राइट मच दिस जैसे ही चीजें लाइन अप होंगी आप लोगों को बताया जाएगा दिखाया जाएगा ले जाने वाला सारा सामान ना अभी पाइलअप करके यहाँ रखेंगे तो पता चलेगा की कितने बैग लेके जाने कितने नहीं लेके जाने ओके नाक नाक में खिला खिला दो मेरी तब बीवी तो जल्दी मिलेगी जब रही है होए राजाओं की तरह पर करके भी so है केसर वाला दूध प्रोटीन शेक बेसन टोस्ट We have new मेरे मेरे हमारे घर के बगल में शिफ्ट हो रहे हैं तो अभी अभी वो अपना लेके आ चुके हैं मैं सोच रहा हूं। जाता हूं नीचे थोड़ा सा उनको बता देता हूँ क्या है मैं जा रहा आप बारिश शुरू हो गई थी क्या बना रहे वीडियो बन रही है आज तो फिर आज की अपनी सवारी बारिश हो रही है गजब वाली इतने दिनों से बारिश का इंतज़ार था आज लेकिन हो गई बारिश वीली मारे इस पर वीली तै मैं फिर से ये बोलना चाह रहा हूँ बारिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी हो रही है तेज़ हो रही है मौसम ठंडा सा लग रहा है थोड़े थोड़े शार्स पड़ रहे हैं मेरे ऊपर मच नीडेड बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस बारिश की भाई एकदम तो ऐसा लग रहा है आत्मा तृप्त हो गई है इस बारिश में खुशी मिल रही है अंदर से मतलब मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं इस बारिश के होने से एक और एमेजोन की डिलीवरी हो गई है घर पे दिस इज अगेन समथिंग ओपन इट अपज अन्बल दिस वॉज मच नीडेड टू को अरे अरे इसका एक ये पैरों का ये निकल गया जो एक लगा होता है ये टूट गया है क्या हाँ ये टूटा है इस मारे ये निकल गया है चलो कोई नहीं कानल पेट ऑनलाइन सामान ऐसे ही आता है थोड़ा बहुत पेड़ हमारे कितने सुंदर और सुशील हैं बिल्कुल, बिल्कुल आदर्श बालक की तरह <laughs> अच्छे आ गए हैं पेड़ पौधे आ गए नहीं लाया कौन है मैडम मैडम लाइन अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं पेड़ पौधे मौसम तो आज का बेमिसाल है रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है अच्छा खासा मौसम हो गया है अभी लंच वंच करके बैठे ये हुआ कि काम शुरू करने से पहले थोड़ी देर बालकनी में आते हैं हवा खाते है ओह बहुत अच्छी विंड ब्लास्ट आ रहा होगा माइक पे बहुत ज्यादा क्यूँकी हवा बहुत तेज चल रही है ऐसा लग रहा है ना की बस बालकनी में बैठे रहो और अच्छी खासी मतलब इंजॉय करते रहो क्यूँ स इज वॉट दूध वाली कोल्ड ड्रिंक वे आर है दूध वाली कोल्ड ड्रिंक राइट इन द मिडिल ऑफ द मार्केट ये इसको मिल्क बदाम कहते हैं this is milk badam, not दूध वाली cold drink. हर बीवी की तरह ये बीवी परेशान हो गई मुझसे। तुम्हारी कितनी आई आई से। से जैसे सारी बीवियां परेशान हो जाती हैं अपने पतियों से। तो ये बीवी परेशान हो गई मुझसे किया था उठा के लेके गया था तो जिम्मेदारी है अरे अब जो हो गया सो अब तो ये सोटर मैं मैं जल्दी में भागा था यहाँ से कि तुम वहाँ मेरा वेट कर रही हो तो बहुत जल्दी आए थे। जैसे वो लोग निकले मैं तुरंत आया था ओके तो हाँ अजी तो हाँ एक घंटे बाद नहीं मैं ब्लॉग एंड कर लूँ मैं ब्लॉग एंड कर लूँ तो ठीक है गाइज आज के इस वीडियो में ओके गाइज तो आज के इस वीडियो में इतना ही आज जूते नहीं आज जूते नहीं पड़ रहे है लवाज मजे आ रहे हैं एक अलग मज़े है तो मैडम जी थोड़ा सा काम कर रही है और मैं भी नहीं में लग तो ठीक है कैस आज के ब्लॉग में इतना ही आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करो चैनल पर न हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो आई मीन चैनल को सब्सक्राइब करो दे टेक केयर stay safe live to day bye bye mom and dad love you to morrow take care bye bye